गाइस फ्री फायर में जो 4 तारीख से जो स्क्वाड बीच नाम का इवेंट आने वाला है उसमें जो जो बंडल आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारे बंडल दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में दिखाया गया सारे बंडल 100 परसेंट कॉन्फर्म है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है तो बिना स्कीप किए वीडियो को पूरा देखते रहिए इस बंडल का जो हेयर है मुझे तो उतना पसंद नहीं आया बाकी इसका बॉडी वगैरह काफी सही है एक लेजेंडरी बंडल है आपको निकालने के लिए काफी सारा डायमंड वेस्ट करना पड़ सकता है तो आप सोच लीजिए आप निकालने वाले हैं नहीं अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बंडल के तरफ बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि ये बंडल आपको फ्री में मिलेगा बट मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी ये बंडल फ्री में नहीं मिलेगा और खासतर से इसका जो लुक है ये भाई काफी बढ़िया है ये बंडल आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगा तो आप ये मान के चलिए आपको फ्री में नहीं मिलेगा तीसरा आता है हमारा ये फ्रीमेल बंडल ये बंडल ठीक ठाक है मुझे तो उतना खास नहीं लगा ये बंडल ठीक ठाक है आप चाहो तो यूज कर सकते हो ये से फ्री में भी आपको मिलने वाला है और आखिरी में आता है हमारा ये बंडल इन चारों बंडल में से एक या दो बंडल आपको जरूर फ्री में देखने को मिलेगा और एक फ्री में आपको मिलेगा थी आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत